ये राड़ा तो बनता है पीटे पीछे हंसने वालों को सदमा है अपना समझ कर ये बातें बताई ये हर रामी निकला एक फटी चटाई अब हंसना है तुझको तो जोर से हंसले पर भूल जाना तू जो किए थे वादे वो वक्त आएगा जो मैंने बताया था पर सातना होगा तुहारा मिजाटे अब सुन लो थोड़ी सी ये अच्छी सी बातें हाथों से नहीं मैं बातों से मारूंगा थोड़ी सी पटेगी सिल भी ना पाएगा हंसना तो दूर तू रो भी ना पाएगा लगता था सबसे ये बातें मैं कौरू पर जहाँ भी जाता था की बनू इन सीधी सादे बातें अच्छी सी लगती पर उन्हीं बातों से इनकी थी जलती ये छोटो बड़ों की ना समझे अब भी जो हमसे थे अच्छे उनसे थी बनती